थमनिल कितना इम्पोर्टेंट है एक वीडियो के लिए वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं और इसी से आपका सी यानी कि क्लिक थ्रू रेट यानी कि इंक्रीज अपना व्यूज इंक्रीज हो सकता है आपका और आपकी वीडियो भी वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं नमस्कार स्वागत करता है शशि द एंटरटेनर एंटरटेनमेंट का खजाना और मैं आपको आज बताने वाला हूँ थमनिल आप कैसे बनाएंगे प्रोफेशनली वाला ताकि आपके जो वीडियोज़ में जो व्यूज़ हैं और उसके जो इंक्रीज़ हो सके और इसका सी भी अच्छा हो सके ताकि जो देखे एक बार में क्लिक कर दे और आपके व्यूज़ भी हो जाए जैसे कि मेरे हुआ है सीरियसली मेरा हुआ है तो मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ वो है कैनवा और दूसरा और एक ऐप है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है थमनिल मेकर ये दो ऐप है थर्मनिल मेकर की एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं मगर कैनवा एक बहुत ही अच्छा ईजी टू यूज़ ईजी टू हेल्प बहुत ही आसान है और काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी उसमें मिलते हैं आपको और थमनिल मेकर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो दोनों प्रोसेस कैसे बनाना है उसमें और कैसे फिट होना है बना के वो कैसे डाउनलोड होगा वो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ आगे तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले और हाँ फट बताता हूँ कि मैं किस तरह से कैनवा से थंबनेल बनाता हूँ ठीक है इजी है दोनों ही आप यूज कर सकते हैं कैनवा भी यूज कर सकते हैं और आप थमन मेकर भी यूज कर सकते हैं ठीक है अब आपको यहाँ पर जाना है यहाँ पर आपको लिखना है थमनिल अगर आप यहाँ पर सर्च बार में थमनिल जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा ये देखिए YouTube तो हमने ला गया इसको क्लिक किया आपने क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिस बेसिस पे जिस कंटेंट पे आपका आप बना रहे हैं उस कंटेंट के हिसाब से आप यहाँ पर टेम्पलेट्स ले सकते हैं काफी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर चलिए मैं आपको एग्जांपल की तौर से कोई भी एक बना के दिखा देता हूं जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया मैंने आप ब्लैंक भी, भी रख सकते हैं और आप टेम्पलेट भी ले सकते हो यहाँ पर एक वाइट बैकग्राउंड आपका आ गया आपके जैसे आ जाएगा देखिए यहाँ पर आगे हाउ टू मेक यूट्यूब हमने देखिए वाला आ गया ये प्रूम है आप इसको नहीं भी कर सकते क्योंकि आपका फी नहीं है अब इसको नहीं ले सकते लेकिन अब इसके हिसाब से आप डिजाइन बना सकते हैं ठीक है इसमें आप अपनी फोटो भी लगा के आप कर सकते हैं देखिए जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल रहे हैं ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पर अब मैं गया मैंने इसको मिनिमाइज़ किया मैंने इसको आपका कलर में कर दिया ब्लैक कलर में मैंने इसको कलर में कर दिया अब मेरे पास कोई एक पिक्चर है वो मैं एक पिक्चर यहाँ पर लगाता हूँ आपको प्लस में जाना है आपकी गैलरी में जो है वहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करके आप यहाँ पर आपके जो भी फोटो जैसे कि मेरी ये वाली फोटो है मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया अब ये वाली फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगी अब कि वाली फोटो इसमें ऐड हो गई है ठीक है अभी वाली फोटो इसमें ऐड हो गई है अब इसको ऐड होने का अब इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से ठीक है मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया अब आपको लिखना है यहाँ पर मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ ये देखिए यहाँ पर आपने कर दिया इसको आपने इन कर दिया इसको आपने लंबा कर दिया और इसको यहाँ थोड़ा सा कर दिया कि आपको चुनने दिखाई दे ये बना लिया आपने अब आप चाहें तो इसको पूरा भी आप कर सकते हैं ये देखिए ये ये आपने पूरा कर दिया अब इसमें आपको यहाँ पर हेडिंग में लिखना है कुछ तो आप सिंपली है प्लस आइकन में जाइएगा यहाँ पर आपको एलिमेंट्स में पहले जाइएगा आपको एलिमेंट्स आपको ऐड करने यूट्यूब के हिसाब से तो आपने यूट्यूब ले लिया अब आपने इसको ले लिया यहाँ पर बना दिया इस तरह से इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर आपको अब आप लिखना है कुछ अब आपको लिखना भी है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सिंपली टेक्स्ट में जाऊँगा आपको जो भी लेना है सिंपल हेडिंग लेना है वो भी ले सकते हैं आपको अगर इस तरह का लेना है च्इस एबल वो भी ले सकते हैं ठीक है मैं सिंपल वाला ले लेता हूँ मैंने सिंपल वाला ले लेता हूँ ऐड हेडिंग में चला गया अब आपको यहाँ पर जाके लिखना है YouTube मैं लिख देता हूँ पहले मेरे को लिखना है आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ये देखिए YouTube चैनल इसको मैंने दोनों तरफ में कर दिया था कि इस तरह से आए अब इसको मैं ए में जाऊँगा ए में आप यहाँ से कलर भी सेटअप कर सकते हैं वाइट कर देना है करिए ब्लैक करना है ब्लैक करिए जो आपको कलर आपको अच्छा लगे वो कलर लेकिन मैं कलर चूज करूँगा आपके लिए रेड ब्लू येलो ये एट्रैक्टिव कलर होते हैं जिससे आपका कैच होते हैं और लोग ज़्यादातर इसको फ्लिकेबल भी करते हैं तो मैं यहाँ पर चला जाऊँगा मैं इसको ले लूँगा व्हाइट पे मैं इसको व्हाइट पे ले लिया अब इसको मैं करूंगा बड़ा छोटा तो आप फ्राउंट के साइज से भी आप कर सकते हैं ये देखिए इसको आपने कर दिया यहाँ पर लिख दिया यूट्यूब चैनल ये आपने इधर में कर दिया इधर में करने के बाद अब आप कौन साइज में जाइएगा आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए देखिए ये आ जाएगा सर कलर नेट कलर से ये देखिए ये बेस्ट है ये मैंने ले लिया लेकिन यहाँ पर क्या मेरा बैकग्राउंड किस तरह से है उस तरह से ये ब्लैक व्हाइट में अच्छा नहीं लगा था मैंने ब्लैक ले लिया आप इसको ब्लैक में ले लो या फिर आप इसको येलो में भी दे सकते हैं ब्लू में भी कर सकते हैं ब्लू देख लीजिए कैसा लगेगा नहीं अच्छा लगा येलो ये देख लीजिए येलो देख लीजिए व्हाइट वाइट फील भी सही लग रहा है ठीक है ये हो गया इधर में और अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है आप उसको बैकग्राउंड को कलर भी चेंज कर सकते हैं ये देखिए ये यहाँ पर आ गया अब आप अपने यहाँ पर फोटो लगा दीजिए वो अगर फोटो आपको दोबारा लगानी है, आप वो फोटो लगा सकते हैं फिर इससे कैसे करना पड़ेगा आपको गैलरी में जाना पड़ेगा गैलरी में जाके आप यही वाली फोटो को आप एडअप पेज कर दीजिए ये आ गया अब आप इसको बैक कर दीजिए और इसको सेटअप करके आप इसको यहाँ लगा दीजिए जब आपने इसको सेटअप कर लिया अब आपका यहाँ पर ये दिखा रहा है ये देखिए इसको चोटा कर दिया ताकि आपके पास दिखने की जगह हो जाए इसको मैंने ऊपर में कर दिया ये देखिए चैनल यहाँ पर भी दे सकते तरह से आप कर दिया। आप इस तरह से करना है छोटा तो कर दिया छोटा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ठीक है और अब इसको अगर आपको अलग से करना है थोड़ा टाइम लगता है ये देखिए पूरा बन गया ये आपने यहाँ आप बना दिया YouTube चैनल इसको मैंने छोटा कर दिया इसको बंद कर ये दिया ये ये पूरा बन गया अब आपको यहाँ पर आप लिखना है हाउ टू क्रिएट अब आपको हाउट टू क्रिएट लिखना फिर से आप वो कर सकते हैं हाउ टू मेक आपको यहाँ से जाना पड़ेगा पेंसिल पे पेंसिल पे जाइएगा फिर हेडिंग पे जाइए यहाँ पर लिख लीजिए हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट मैं चाहता हूँ कि ये जो हाउट टू क्रिएट है इसको मैं अलग कलर में कर उसमें मैंने कहाची कलर आप ब्लू मेक कर सकते हैं या फिर आप येल्लो में भी कर सकते हैं अब आप येल्लो मे कर दिए मैंने ओके कर दिया अब इसको मैं फ्रंट साइड दूंगा इसको मैं बड़ा करूंगा ये दोबारा लिख दिया इसका चेंज कर सकते हैं। आप चाहता हूँ ब्लू में अब मैं इसको करूंगा बड़ा ताकि ये आई के अच्छी लगे और अच्छा भी लगे तो देखिए यूट्यूब चैनल हाउ टू क्रिएट हमने यहाँ पर आ गया आप इसके अलावा आप और भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं जैसे सब्सक्राइब का बटन ऐड करने के लिए आप प्लस में जाइएगा एलिमेंट्स में जाइएगा आपको यूट्यूब के बहुत सारी चीजें यहां पर मिल जाएगी आप यहां से कुछ भी ले सकते हैं देखिए जैसे कि मैंने सब्सक्राइब वाला बटन दिया था तो काफी सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और ये है आपका सेव वाला आइटन इसको प्रेस करिएगा तो ये सेव हो जाएगा डाउनलोड करिएगा डाउनलोड हो जाएगा तो ये था आपका इस तरह से आप खमल बना सकते हैं प्रोफेशनल वाला फ्रॉम कैनवा कैनवा में तो हो गया अब इसके बाद आपका आता है मेकर खमल मेकर से भी आप बना सकते हैं इसमें एक प्रॉब्लम है ज्यादा एड आता है ज्यादा ऐड आता है कि एड चलता है तो मैं खमल मेकर में जाऊँगा खमिल मेकर में जाने के बाद मैं यहाँ से आप कस्टमर से क्लिक करके अपना फिस्ट बना सकते हैं या फिर आप सपेट में जाके यहाँ से भी आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं ये ऊपर में लिखा हुआ है गेम ब्लॉग वीएस एनिमेशन मेकअप नेम सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा तो चलिए मैं आपको गेम्स का एक बना के दिखा देता हूँ कोई भी गेम का आपने ले लिया सपोज इसमें ऑलरेडी बना हुआ है आपको कुछ नहीं करना है ये देखिए ये जस्ट बना हुआ है इसको आपने ले लिया यहाँ पर यह आ गया ऐड आ गया यहाँ पर एड का ही प्रॉब्लम है आपने स्किप कर दिया इसमें ऐड ज़्यादा आता है अब देखिए जैसे होल्ड ऑन आ गया अब ये यहाँ पर आ जाएगा तो आप संगसंग इसमें आप ये भी बना सकते हैं इट्स वेरी ईजी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं एवरीथिंग आप इसमें कर सकते हैं इसमें डिजाइंस आपको काफी सारे मिलेंगे बात यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे और जैसे ही आपने गेम्स वाले आपने खोला देखिए ऊपर में आ गया GTA आ गया स्वीट गेम आ गया फ्री फायर आ गया जिस टाइप का आपका गेमिंग का चैनल है या फिर गेमिंग का टॉपिक है आप इस हिसाब से दे सकते हैं देखिए जैसे ये जी टी का आ गया ये पूरा बन गया अब आप, आप इसको यहाँ पर कुछ अगर आपको लिखना है आप नियन से भी देखिए ये देखिए नियन से लिख सकते हैं आपको टेक्स्ट एड करना यहाँ से आप एड कर सकते हैं आपको स्टिकर लगाना है स्टिकर आप लगा सकते हैं आपको एफेक्ट करना आप एफ्ट में लगा सकते हैं बैकग्राउंड लगा सकते हैं कुछ भी आप इसमें ये देखिए इसमें आप इसको एड कर सकते हैं एडिट में आप जाकर एडिट कर सकते हैं छोटा बड़ा कर सकते हैं ये देखिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं तो हर चीज आप इसमें कर सकते हो सेव करने के लिए सीधा सेव आपका अपनी इसमें आपका सेव आ जाएगा डायरेक्ट इस तरह से इसको आप जब करिएगा बस इसमें आएगा ये लोगो मेकर आएगा लोगो मेकर को आपको इसमें आपको वाटरमार्क को हटाने के लिए जस्ट क्लिक करिएगा एक वीडियो आएगा वीडियो प्ले होगा और आपका ये जो थंबनेल है वो आपके सेव हो जाएगा सेव बटन क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा तो दो प्रोसेस है जो दो एप है जो मैं यूज करता हूँ जिससे आप थमनेल ईजीली बना सकते हैं और प्रोफेशनली वाला बना सकते हैं तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस तरह से लगा वीडियो आपको और क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए या नहीं चाहिए चाहिए क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मुझे इम्पोर्टेंट है तो प्लीज थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा